से कलम का कलम से खजूर खजूर, से गाड़ी गाड़ी, से घड़ा, घड़ा, अंगा अंगा खाली, अंगा खाली, से चरखा चरखा, से छड़ी, डांत छड़ी, खाते से जहाज जहाज, से डाँटे डे झरना डांत डना खाली दासे दासे थेला। दासे थेला। दासे दासे दासे दासे से टमाटर टमाटर, से ठेला ताते से डमरू तातेमरू से ढक्कन ताटे ढक्कन आरा खाली हरा खाली से तराजू ताटे तराजू से से दवात, दवात, दसे से धनुष धनुष न ना से नारियल नाते नारियल पतंग, पतंग। फल, ना से पतंग पतंग से से फल, फल, बर्तन बर्तन से भवन म से मंदिर मंदिर य से यज्ञ से यज्ञ, रस्सी, रसे रस्सी ल से लड्डू लाते लड्डू व से वकील वाते सलजम छोटे खरकोट सफेरा ख से हल खाते हल हाते हल, छत्री छे छत्री त्र से त्रिशूल ता के ज्ञानी से ज्ञानी